तो आजकल कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें क्रूरता मुक्त जीवन शैली अपनाना चाहिए हमें हिंसा मुक्त जीवन शैली अपनाना चाहिए हमें जानवरों के प्रति थोड़े संवेदनशील होना चाहिए तो ये कहते हुए वो लोग कई चीज़ें बोलते हैं जैसे कि वो ये कहते हैं कि हमें दूध नहीं पीना चाहिए हमें जानवरों को बांध नहीं रखना चाहिए हमें उन्हें आज़ाद छोड़ देना चाहिए ऐसे वो बहुत से चीज़ें बोलते हैं यहाँ तक मैंने ये भी सुना है कि वो कहते हैं कि हमें सेहत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये भी बहुत हिंसक है हम मधुमक्खियों से उनका सेहत छीन लेते हैं हम उनका मोम छीन लेते हैं हम उन्हें बंदी बना लेते हैं अनेकों चीज़ें आजकल लोग बोलने लगे हैं तो वो लोग ऐसा कहते हैं कि हमें क्वालिटी फ्री वाले प्रोडक्ट खरीदने चाहिए हमें वो वाले प्रोडक्ट नहीं खरीदने चाहिए जिनमें क्वालिटी इन्वॉल्व हो मैं तो ये कहूँगा कि आपने ये कैसे मान लिया कि कोई चीज़ क्वालिटी फ्री है कोई चीज़ हिंसा मुक्त है आपने ये कैसे मान लिया देखिए जब हम खेती करते हैं जब खेती के लिए सॉयल को प्रिपेयर किया जाता है तब बहुत सारे केफए मटे हैं बहुत सारे कैंपे मरते हैं इसके बाद ही हम बनस्पति दाल चावल जो है इन्हें उगाने के लिए भी बहुत हिंसा की जाती है। सिर्फ यही नहीं आपने ये कैसे मान लिया कि एक पेड़ को काटना क्रूरता मुक्त है आपने ये कैसे मान लिया देखिए एक पौधा भी जीना चाहता है एक पेड़ भी जीना चाहता है क्या आप ये कह सकते हैं कि एक पेड़ मरना चाहता है क्या आप ये कह सकते हैं क्या आप ये कह सकते हैं कि एक गाजर ग्रो इसलिए होता है क्योंकि उसे हमारे लिए भोजन बनना होता है क्या आप ये कह सकते हैं हर एक जीवन को जीने का अधिकार है जीवन मतलब सिर्फ जानवर नहीं है या इंसान नहीं है जीवन मतलब पेड़ पौधों से लेकर जानवरों तक हर वो जीवन आप ये जो कहते हैं कि जानवरों को काम में नहीं लाना चाहिए वो हमारे काम के लिए नहीं बने हैं क्या आप ये कह सकते हैं कि एक पेड़ बड़ा इसलिए होता है क्योंकि उसे हमारे लिए फर्नीचर बनना होता है क्या आप ये कह सकते हैं नहीं आपको ये समझना होगा कि ये धरती जो है ये आपका नहीं है या मेरा भी नहीं है लेकिन इस धरती पर लगभग इंसानों ने कब्जा कर लिया है हम जहां पर खेती करते हैं वहां पर जानवर नहीं जा सकते वहाँ जानवर चल फिर नहीं सकते आपको पता है गांव में कितने जमीनों पर खेती किया जाता है जहाँ हम खेती करते हैं वहाँ जानवर चल फिर नहीं सकते वहाँ वो नहीं रह सकते हमने जंगल काट कर हमने वहाँ पर रास्ते बनाए रहने के लिए हमने घर बनाए सिटीज बनाए क्या वो जानवर वहाँ रह सकते हैं नहीं रह सकते तो कई ऐसे जानवर हैं जो मानव जीवन प्रणाली के साथ जुड़ कर जीवित रहते हैं हम उन्हें भले ही काम में लाते हैं उपयोगी बनाते हैं लेकिन हम उन्हें रहने के लिए जगह देते हैं हम उन्हें खाने के लिए भोजन देते हैं और हम उन्हें जीने का अधिकार देते हैं वरना आप आप उनसे ये अधिकार भी छीन लेंगे आप कहेंगे कि उन्हें बांध रखना हिंसक है उन्हें खुला छोड़ देना चाहिए उन्हें कहाँ खुला छोड़ देना चाहिए अगर वो सड़क पर खुले घूमते हैं आज़ाद घूमते हैं तो वो इंसानी जीवन में बोझ नहीं बन जाएंगे अगर वो खेतों में पहुंच जाते हैं वहाँ पर वहाँ पर फसल बर्बाद करते हैं लोग लोग क्या करेंगे मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है लोग क्या करेंगे आपको पता है लोग क्या करेंगे लेकिन आपको खुद को साबित भी तो करना है कि आप एक करुणाबान व्यक्ति है आपको ये साबित भी तो करना है